हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको जो आइडिया स्मार्ट ऐप में जो चेंज हुए हैं उनके बारे में बताऊंगा कि नई सिम को कैसे एक्टिवेट करें शुरुआत में तो जीपीएस सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी यानी कि लोकेशन हमें ऑन करनी पड़ेगी उसके बाद ही हम एक्टिवेशन कर पाएंगे उसके बाद हमें नॉर्मल नंबर अगर हैं तो नॉर्मल नंबर कर सकते हैं या फिर अगर कोई पुरानी सिम हो तो उसके द्वारा हम चॉइस नंबर एक्टिवेट कर सकते हैं तो सोच कर लें जो भी कस्टमर चाहे यहां पे अगर पुरानी नंबर सीरीज जो भी है उसके हिसाब से नंबर डाल लें कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लें उसके बाद सिम को स्कैन कर लें अगर स्कैन नहीं हो पा रही है तो सिम के नंबर डालने पड़ेंगे सिम नंबर डालने पड़ेंगे जहाँ पे आधार कार्ड आ गया डॉक्यूमेंट्स आई कोई भी डेमो आईडी दिखा रहा हूँ मैं तो उसके बाद विशु पुलस उसके बाद आधार कार्ड की प्रांट फोटो और बैक फोटो सेम ई आग करके आगे बढ़े कस्टमर फोटो कस्टमर की फोटो लाइव लेनी पड़ेगी जिसमें कस्टमर को आंख, पलके झपकानी पड़ेंगे, बार बार बार बार तभी ये फोटो कैप्चर हो पाएगी नहीं तो कोई फोटो कैप्चर नहीं हो पाएगी उसके बाद आधार कार्ड को स्कैन कर लें क्यू कोड के माध्यम से अगर आधार कार्ड स्कैन नहीं हो पा रहा है तो हमें डिटेल डालनी पड़ेंगी डेट ऑफ बर्थ फादर नेम पे कस्टमर के अल्टरनेट नंबर डालने पड़ेंगे जो कस्टमर के पास हो इस पे ओ टी जाएगा लास्ट में परमानेंट एड्रेस अगर आप आधार कार्ड स्कैन करते हैं तो परमानेंट एड्रेस में आ जाएगा आपको एक नंबर और तीन नंबर ये ही भरना पड़ेगा नहीं तो आपको तीनों बनने पड़ेंगे कोड डालने पड़ेंगे यहां पे आपको जिस गांव के आप हों या इसे चूज करना पड़ेगा पड़ेगांट एक्ट्रेस नेक्स्ट यहाँ पे टोटल कॉम्प्यूटेटर कनेक्शन जीरो अगर आप एक बढ़ते हो तो आपको इसमें डिटेल डालेंगे जी डिटेल डालनी पड़ेंगे नेक्स्ट आई एग्री यहाँ पे सेंड ओटीपी करते ही इस नंबर पे ओ चला जाएगा चार अंक का जो ओ आप इसमें डालेंगे प्रोसेस करके डिटेलर के लागू पे ओ जाएगा ओ टी पी प्रोसेस दबाते ही उसमें फिर कंटिन्यू और एडिट एफ आएगी आप वहाँ से भी एफ डाल सकते हैं या चालू होने के बाद भी एफ आर डाल सकते हैं तो ऐसे हम नई सिम एक्टिवेट करने की प्रक्रिया कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा धन्यवाद